वो आछु गरा हमें तो देखो थेरे तन्या। थेरे तन्या। वास। वास। साथी ति सहेरा ओ हो बारिश ओ फल को ओ फल को ओ फल को ओ फल को छठ पर सूरी नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। ने oh que के रे र के साथे। वो पातिरे पातिरे थाने थाने जाले पात्र पदी दे पुटी जी पात्र पुटी चाल पाटी चला ले लेशुहा सार ले सुहागे हे लेशु